साथियों नमस्कार स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो विद दासीज पर आप सभी के डिमांड पर देहरादून से जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि हम देहरादून आए तो आप लोगों के विशेष आग्रह पर दिनांक 22 और 23 तारीख को हम देहरादून में रहेंगे इच्छुक दर्शक जो कोई भी देहरादून या इसके आस के क्षेत्र से हैं देहरादून में आकर के मिल अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए और यदि फोन नहीं उठता है तो आप लोग WhatsApp पर मैसेज छोड़ दीजिएगा आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा और अपना अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग तत्काल करा लीजिए क्योंकि जो कोई पहले जो है आएगा उसी को जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी दीजिए इजाजत मिलते हैं आप लोगों से देहरादून में तब तक के लिए नमस्कार